नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक चैनल एस्टोबी राशि पे दर्शकों 18 सितंबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है इस पर हम दृष्टि डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम उपाय हम आप लोगों को बताएंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं चूंकि पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है ये पंचांग के पांच अंग जो है ये है तिथिवार नक्षत्र योग करण अगर इनमें से किसी भी एक अंग की कमी है तो पंचांग पूर्ण नहीं होता है तो चलिए दर्शकों विक्रम छिहत्तर सख शक उन्नीस 1941, परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है 18 सितंबर दिन रहेगा और बुधवार रहेगा सूर्योदय की बात करें तो प्रातः पांच बजकर छप्पन मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर मिनट पर तिथि जो है ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम को छह बजकर बारह मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत पंचमी तिथि लग जाएगी चतुर्थी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि आप मूली का सेवन नहीं कर सकते हैं आप तिल का सफेद तिल का सेवन नहीं कर सकते हैं यदि करेंगे तो धन का नाश होगा शास्त्रों में लिखा है इसी प्रकार पंचमी तिथि में आप बिलरुफ जो है फल का सेवन नहीं कर सकते बेल का सेवन नहीं कर सकते यदि करते हैं मान लीजिए करते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा आरोप लगेगा या आपके ऊपर कोई कलंक लगेगा अगर ठेठ धीसी भाषा में बोले तो तो इन सब से आपको बचना रहेगा नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र रहेगा और इसके उपरांत भरणी नक्षत्र आएगा करण की बात करें तो कर रहेगा, रहेगा कौलो करेगा व्याख्यात योग इसके उपरांत हर्षण योग होगा और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे चंद्रदेव का जो चलायमान रहेगा चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे नक्षत्र हमने आपको बता दिया अश्विनी रहेगा इसके उपरांत भरणी नक्षत्र रहेगा राहु काल की बात कर लेते हैं कि आज का राहु काल क्या रहेगा अशुभ समय होता है राहु काल तो बुधवार का राहु काल दोपहर बारह बजे से लेकर के एक बजकर इकत्तीस मिनट तक का रहेगा आप लोग इस दौरान शुभ कार्यों को बिल्कुल भी मत करिएगा यदि शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि अमृत मुहूर्त विजय मुहूर्त में कीजिएगा विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर दो मिनट से दो मिनट तक की बुधवार का जो दिशा रहेगा दर्शकों और दिशा की ओर रहेगा आपको उत्तर दिशा की ओर यात्राएं नहीं करनी है अवॉइड करनी है यदि करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे आप धनिया का सेवन कर सकते हैं इलायची का सेवन आप कर सकते हैं तिल का कराते हैं लेकिन आज के दिन मत करिएगा तिल का सेवन तो इसका सेवन करके और गणपति का पाठ करके आप निकलिए पहले उत्तर दिशा की ओर ना जा करके आप दक्षिण दिशा की ओर चार पक चलिए इसके उपरांत आप फिर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करिए आपके आपकी जो यात्रा है ये सफल होगी सुमंगल सिद्ध होगी और निकलने से पहले प्रविष्ट नगर की जय सबका हृदरा कौशलपुर राजा ये बोल के आप लोग किसी भी यात्राओं पर जब निकला करिए तो ये जरूर बोल करके आप निकला करिए दर्शकों राशि फल पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 22 तेईस 24 तारीख को उज्जैन और इंदौर में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी उज्जैन से हैं इंदौर से हैं आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आप लोगों का फ़ोन नहीं उठता है तो मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पूछ लीजिए और यदि आप नहीं आ सकते तो टेलीफोन के माध्यम से भी अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं मेष राशि के जातकों क्या कुछ कहता है आज आपका दिन तो आज आपका दिन शानदार रहेगा जानदार रहेगा आज आप किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं आज आपके व्यवहार से काफ़ी लोग प्रभावित होंगे कुछ नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी और आपसी विश्वास के सहारे आज आपके संबंधों में मजबूती आएगी आज ऑफिस में उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपके उत्साह में इजाफा होगा संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकता है कोशिश कीजिएगा कि आज गणेश जी को आप मीठा पान इलायची डाल करके चाहेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा वहीं वृषभ राशि क्या कुछ कहता है तो आज भाग्य के सितारे आपके बुलंद रहेंगे खर्च अधिक रहेगा गणपति के आशीर्वाद से आज, आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आज आपका दिन जो है शानदार रहेगा यदि आप शादीशुदा हैं तो आज पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे आज का दिन व्यवसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा आज ऑफिस में आपके कार्यो की प्रशंसा होगी आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है यदि आप व्यापारी हैं तो आज कुछ विशेष सफलता भी आप अर्जित कर सकते हैं और आज आपके कार्यों में विघ्न ना आए तो कोशिश कीजिएगा ओम गंग गौ गणपत नमः ओम गंग गणपतय नमः नहीं ओम गंग गौ गणपतय नमः तो इस मंत्र का आप लोग जाप करिए या एक और मंत्र है ओम गंग गौ गणपतय विघ्न बिनाशिने स्वाहा इस मंत्र का 108 सौ आठ बार यदि आप जाप करते हैं तो आपके ए, मतलब जो भी अवरुद्ध रास्ते हैं चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो चाहे वो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो ये सभी गणपति भगवान इसको जो है अवरुद्धता को दूर करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा दर्शकों ये आज के दिन रहेगा नीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साफ मिथुन राशि के जात क्या कुछ कहता है आपके लिए बुधवार का राशिफल तो आज आपका दिन साहब अच्छा रहेगा आज आप सभी कार्यों में बहुत हद तक की सफल रहेंगे मिथुन राशि के जातकों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा आज आप ऑफिस में पेंडिंग वर्क को पूरा करते हुए नजर आएंगे खास करके जो कोई कोर्ट से रिलेटेड काम करना है तो आज आपके कार्य सिद्ध होंगे फैसला आपके पक्ष में आ सकता है कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गणपति भगवान को दूरबा चढ़ाइए और गणपति सब का पाठ करिए तब अपने कार्यक्षेत्र पर निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा हमारी कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज आपके मन में नए नए विचार और प्लानिंग जन्म लेंगे जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कर्क राशि के जातकों आज किसी से बहसबाजी करने से बटना रहेगा शादीशुदा लोगों को जो है अपने वैवाहिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए गलत फहमियाँ ना पाले तो बेहतर रहेगा आज आप किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं आय के स्रोत में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं जो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको कोई नया प्रोजेक्ट हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो लोग ठेकेदारी बिजनेस से जुड़े हुए हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग दुर्गा जी के बत्तीस नाम का पाठ करिए और यदि हो सके तो दुर्गा चालीसा का का करके तब घर से निकलिए आपकी सभी परेशानियों निवारण होगा शुभ शुभ कलर कलर आपके लिए ये कलर। अंक आपके लिए लिए रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा ये ये रहे वाइट अंक चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा सिंह राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि तो सिंह राशि के जात आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपका मन सामाजिक कार्यो की तरफ अधिक अः प्रवीण होता हुआ दिखाई पड़ लोगों के बीच आज आपके कामकाज की तारीफ होगी आर्थिक लाभ के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी माता पिता और आज आप अपने बच्चों को कहीं बाहर ले जा सकते हैं घूमने है के लिए वहीं आज वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जान सलाह दे रहे हैं किसी मामले पर आपको बातचीत करते समय अपनी वाड़ी पर संयम बरतना चाहिए बहसबाजी में मत पड़िएगा अन्यथा बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग गणेश जी को इलायची और दूरबा जरूर चढ़ाए आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होंगे शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा डार्क रेड कलर यह रेड में भी एक डार्क रेड आता है ये ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा हमारी अगली राशि जो आती है दर्शकों ये कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों दिन मिला कुल मिलाकर के आज उत्तम रहेगा पार्टनर से आपके संबंध मजबूत होंगे किसी काम में लगाई गई आपकी मेहनत रंग लाएगी करियर के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा ऑफिस में आज अधूरे पड़े कार आपके पूर्ण होंगे जिससे आपके अंदर एक खुशी का संचार होगा आज काम में आपके जो साथ के लोग हैं आपके सीनियर्स हैं ये आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे यदि बिजनेसमैन है तो धन लाभ होने की संभावनाएँ आज सितारे दिखा रहे हैं आज आपकी बातों को तरजीह मिलेगी सेहत के मामले में आज खुद को ताजगी भरा महसूस करेंगे आपको कई तरीके के नए अनुभव होंगे कोशिश कीजिएगा गले, को हल्दी की गाच चढ़ानी रहेगी और दूरबा चढ़ानी रहेगी इससे आपके काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे शुभ कलंक कन्या राशि के जात को आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है तुला राशि तो तुला राशि के जातकों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आज किसी पुराने मित्र से आपकी जो है मुलाकात हो सकती है कोई राज की बात आज तुला राशि के जातकों को उनके जीवन साथी के सामने खुलते हुई दिखाई पड़ रही है स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आएगी आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना होगा किसी से बहस होने की संभावनाएँ बन रही है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग गणेश चालीसा का पाठ करिए और ओम गंगा गणपतः नमा मंत्र की एक बार व्याप करिए दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। शुभ कलर पे आते हैं तो आपके लिए ब्राउन कलर आज शुभ रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा वृश्चिक राशि तो आज दिन आपका बढ़िया रहेगा कुछ जरूरी कार्यों में दोस्तों की मदद मिल सकती है कई दिनों से अटका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर के आ सकता है साथ ही पहले से दी गई कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकते हैं आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी परिवार में कुछ दांपत्य जीवन में कुछ तनातनी हो सकती है आप लोगों के बीच खास करके जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के के के दिन आप लोग दुर्गा के दुर्गा अध्याय का पाठ करिए, जी जो है जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा वही सेगिटेरियस धनुराशि के जात आज का दिन कैसा रहेगा तो बेहतरीन दिन आप लोगों के लिए रहने वाला है ऑफिस में आज आपके कामकाज की तारीफ होगी आपका मन इससे बड़ा प्रसन्न होगा परिवार में कलात्मक कार्यो में आज, आज आपकी रुचि बढ़ेगी किसी नए प्रोजेक्ट के संबंध में आज मित्रों की सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी जीवन साथी के साथ आज आप कहीं धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए जा सकते हैं आर्थिक मामलों को लेकर के आज का दिन बढ़िया रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज गणेश जी को मेवे का भोग लगाए और गणपतिर्ष करके तब घर से बाहर निकले आपके आपके सभी पूर्ण होंगे शुभ कलर लिए रहेगा रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा व्यवसाय में आज आपको फायदा रहेगा ऑफिस में किसी ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए आज आप क्या कहते हैं किसी यात्राओं पर भी जा सकते हैं कार्य क्षेत्र में वाद विवाद मत करिएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है आज, आज आपको लगाने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना रहेगा लमेट के साथ कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं और आपके जो है क्या कहते हैं माता पिता के संबंध बहुत अच्छे आपके आज रहेंगे और पिता की तरफ से कोई आज आपको जो है उपहार मिल सकता है आपके लिए करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गणेश जी को दूर्बा चढ़ाना है लेकिन दूर्बा को आपको करना क्या रहेगा इसी हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा उसमें डिप करके इक्कीस दूर्बा चढ़ाइए ओम गंगा गणपत नमः मंत्र से आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा एक्वायर्स ये हाँ, कुंभ राशि और दर्शकों देखिए फटाफट आप लोग लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को इतनी मेहनत से ये राशिफल तैयार होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए बगल में बना जो है क्या कहते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और हाँ बाईस से 24 उज्जैन और इंदौर में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी मध्यप्रदेश में आप लोग हमसे मिल सकते हैं यहाँ करके तो कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आज, आज आपको खुशी मिलेगी शाम तक आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा आसपास के लोग आज आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न रहेंगे आज आप बहुत ज्यादा ताजगी के साथ परिपूर्ण रहेंगे लवमेट के साथ दिन आपका बेहतर जो है बीतेगा आपकी बातों से आज कई लोग प्रभावित होंगे आपकी विचारधारा से कई लोग सहमत होंगे सोचे हुए कार्यो की प्रगति आठ बड़ी मजबूत होंगी आज आज आज आपको धन लाभ के के कई मौके मिलेंगे बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव होने के आज योग दिखाई पड़ रहे हैं हैं और आज कोई नया स्टार्टअप भी आप कर सकते कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन किन्नरों को आपको कुछ मीठा देना है वस्त्र का दाम देना है खास करके हरे वस्त्र का दाम देना है हरी चूड़िया दे सकते हैं सुहाग की सामग्री तो ज्यादा ठीक रहेगा कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले आपको आज इलायची सात इलायची अपने पॉकेट में रखनी है और ओम गंगा गणपत नमहा का मंत्र का 21 बार जाप करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज वाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर मीन राशि तो मीन राशि के जातको आज यात्राओं का योग देखिए बन रहा है आज आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी भाग्य का कुल मिलाकर के उतना साथ नहीं मिलेगा जितना अन्य दिनों मिलता था और आज ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न नहीं रहेंगे बहुत ही मेहनत से आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे बहुत ही मेहनत से उसको सबमिट करेंगे लेकिन आपको वो लोकप्रियता आज नहीं मिलेगी आपके पीठ पीछे आज आपके ऑफिस में आपके सहयोगी आपके साथ जो कार्य करते हैं वो आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग बनाते हुए नज़र आएंगे उच्च अधिकारियों के साथ आपकी तू तुमय हो सकती है और आज किसी धार्मिक जगहों पर आप जा सकते हैं अपने मन को शांत रखिएगा एकांत रखिएगा तो ठीक रहेगा वहां इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना है अन्यथा चोट चपेट लगने का भय आपके बना हुआ है तो मीन राशि के जात को करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप दुर्गा सप्तती के प्रथम अध्याय का पाठ करिए सिद्ध कुंजिका इसको तो पीला कवच और अर्गला इसको भी आपको पढ़ना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व दिशा तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए फिर वही रिक्वेस्ट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप प्रोसेस पूछ सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार